ग्वालियर से उड़ान भरने के बाद एयरफोर्स के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए हैं मिराज में एक और सुखोई में दो पायलट सवार थे इसमें से एक पायलट की मौत हो गई है एयरफोर्स ने बताया कि दोनों प्लेन ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी शनिवार सुबह साढ़े दस बजे के करीब आसमान में बड़ा हादसा हुआ एयरफोर्स के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए बताया जा रहा है टकराने के बाद दोनों विमान अलग अलग, अलग जगहों पर गिरे एक प्लेन मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गढ़ में और दूसरे के राजस्थान के भरतपुर के पिंगोरा में गिरने की जानकारी मिली है। एयरफोर्स ने ने बताया कि दोनों फाइटर जेट रूटीन ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। मुरैना एसपी आशुतोष बागरी ने जानकारी दी है कि ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से वायुसेना के दो विमानों ने टेक ऑफ करने के बाद क्रैश हो गए हैं इनमें से एक पहाड़गढ़ में क्रैश हुआ है मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना का दावा है की दो पायलट को बचा लिया क्या है राजस्थान में भरतपुर के डीएसपी अजय शर्मा ने बताया कि हमें सुबह 10 बजे से सवा दस बजे के करीब फ्लैन क्रैश होने की सूचना मिली थी मौके पर आने पर पता चला कि यहां का जेट है, है, है। मुरैना में गिरे सुखोई में सवार दोनों पायलट घायल है उन्हें ग्वालियर में भर्ती कराया गया है मुरैना के पहाड़गढ़ में हादसे की जगह से एक पायलट का हाथ भी मिला है आशंका है की यह हाथ भरतपुर में गिरे मिराज एयरक्राफ्ट के पायलट का हो सकता है मुरैना एसपी पी आशुतोष बागरी ने बताया कि ह्यूमन बॉडी का यह पार्ट किसका है इस बारे में अभी कुछ नहीं पता चल सका है पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भरतपुर में फाइटर प्लेन क्रैश होने के बाद इसके पुर्जे करीब एक बीघा एरिया में बिखर गए हैं जहां प्लेन का एक बड़ा हिस्सा गिरा है वहां करीब सात फीट गहरा गड्ढा हो गया है इसे खोद कर बाहर निकाले जा रहे हैं ग्रामीणों के मुताबिक प्लेन में आसमान में ही आग लग गई थी और देखते ही देखते जलता हुआ फाइटर जेट गिर गया पहाड़गढ़ क्षेत्र में पहले भी दो मिराज फाइटर प्लेन क्रैश हो चुके हैं दुर्घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है बताया जा रहा है कि दो फाइटरों के भिड़न तो होने के बाद क्रैश होने की घटना करीब 18 साल पहले भी हुई थी यह दूसरी घटना है विमान जहां पर गिरे हैं वहां पर भी अधिक पेड़ नहीं थे केवल छोटी मोटी झाड़िया ही थी इसीलिए जंगल में भी आग नहीं लगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी चुड़े मसले